वो माता कभी बकरे नहीं खाती वो देव कोई नहीं है जो मांस आहार करता हो तो राक्षस होते हैं जो मांस आहार करते हैं, वो हमारे इष्ट देव कोई भी देवता मांस आहार नहीं करते ये हमारे कुबेर का आरख्या है उन ज्वाड़ के स्वादुओं ने जो मरकर भूत बन गए और वो जो गुनकली गुरु थे वह मांस खाया करते थे फिर वह पत्र भूत बन गए वह फिर उन्ही यजमाना माकर बोलते है मैं भैरव बोलू हूँ मैं हनुमान बोलू मैं माता बोलता हूँ और एक बकरा चढ़ा दो उनके वो वो गुमराह कर, कर देते हैं